नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सातवां चैप्टर जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इस चैप्टर में आप यूरोप में हुए बदलावों के बारे में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इस समय नगरों में और राज्य में पूरे में क्या बदलाव आ रहा था जिसका असर ना सिर्फ यूरोप पे बाकी उसके आस के सभी देशों पे या मानो पूरी दुनिया पे हुआ इस बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं में इस चैप्टर में आप जानोगे कि इस समय को हम आधुनिककरण से जोड़ सकते हैं इस वक्त को पूर्ण का काल कहा गया है इसको रैनेसा कहा गया है रैनेसा का मतलब होता है पूर्ण या पूर्ण इस समय यूरोप के शहरों का या नगरों का पूर्ण जन्म हुआ था उस समय का जो विद्वान थे या जो इतिहासकार थे वो ये मानते थे कि इस समय जो यूरोप है यूरोप के जो नगर है उनका पूर्ण जागरण हो रहा है इससे पहले का जो समय था वो सामंतवाद वाला समय था जिस समय किसानों को बहुत ज्यादा दबाया और कुछला जा रहा था और उसको अंधकार की संज्ञा दी गई थी और इसके निष्कर्ष के अंत हम ये भी जानेंगे कि भाई किसी भी काल को या किसी भी समय को अंधकार का काल नहीं कहा जा सकता या अंधकार का समय नहीं कहा जा सकता जो बीसवीं शताब्दी के बाद के इतिहासकार वगैरह है जो विद्वान है उन्होंने इस बात को साफ किया कि किसी भी काल को हम अंधकार नहीं कह सकते और जो बदलाव हुए हैं उसकी जो हम खोज कर सकते हैं या हम देख सकते हैं वो बारहवीं शताब्दी में उससे पहले भी उसको हम पहचान सकते हैं बदलावों को महसूस कर सकते हैं इतिहास में जो बदलाव आते हैं वो एक पल में नहीं आ जाते अचानक नहीं आते इतिहास में बदलाव एक लंबी प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे उत्तर के सिद्धांत पर आधारित होती है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बदलती सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जिसमें हम जानेंगे कि काफी बदलाव आए यहाँ पे और ये जो बदलाव थे सबसे पहले इटली के नगरों में शुरू हुए इटली में कुछ नगर हैं जो मुख्य नगर थे उसमें फ्लोरेंस Venice, उन सब के बारे में तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव कौन कौन से है देखो सबसे पहले ये जो समय है ना चौबीस से सत्रह शताब्दी का यह बदलाव वाला समय है तो सबसे पहले स, जो बदलाव पर उस है नगरों की संख्या बढ़ने लगी यहाँ ये तो समय ऐसे में नगर बसने लगे थे इटली के जो पुराने नगर थे जो बंदरगाहे थे जो किसी समय पर एकदम सुनसान हो चुके थे थप हो चुके थे अब फिर से उस जगह पे ये व्यापार फलने फूलने लगा था व्यापार खुलने के भी कई कारण है सबसे पहले बेजेंडियन साम्राज्य का बना जो फिर इसी से दूर अरब देशों में मुस्लिम सामाज्य का उदय होना और मंगोलों से व्यापार का बढ़ना इन सब की वजह से जो इटली के नगर से फिर से फल और फूल उठे थे तो नगरों की संख्या यहाँ पे बढ़ने लगी थी यहाँ पे एक नई संस्कृति विकसित होने लगी थी जिसे संस्कृति को हम नगरीय संस्कृति कह सकते थे और यहाँ के लोग अपने आप बहुत ज़्यादा सभ्य समझते थे आप जानते होंगे कि जो नगर के लोग होते हैं वो गाँव की अपेक्षा ज्यादा सभ्य होते हैं या वो ऐसा समझते हैं कि वो गाँव के लोगों से ज़्यादा सभ्य होते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ नगर जो इटली के नगर हैं ये सारे फ्लोरेंस है वेनिस है ये सब जितने भी नगर हैं इन्होंने अपनी पुरानी रोम की जो शिक्षा थी जो कला थी उन सबका का किया उनको ध्यान किया और उन सबको दोबारा लागू करने की कोशिश की दोबारा याद किया उन्होंने कि किस तरह से रोमन टाइम पे वो कितने ज्यादा विकसित थे अपना अपनी पुरानी संस्कृति का गौरवान किया उन्होंने और फिर से एक नए केंद्र बनाने के की शुरुआत की विकास की अब इस समय जो चर्च है चर्च की जो पकड़ थी वो थोड़ी ढीली पड़ने लगी इससे पहले जो इंसान था चर्च के कब्जे में था लेकिन इस समय जो इंसान है वो चर्च के कब्जे से धीरे धीरे लगातार किया ये सुधारवादी आंदोलन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था तो इसी समय जो लोग थे वो चर्च के कब्जे से बाहर आने लगे कैथोलिक के खिलाफ आंदोलन हुआ यहाँ पे पंद्रह शताब्दी में बहुत बड़ा और उसके बाद जो आखिरी है वो मुद्रन का मुद्रन का जब छापे खाने की शुरुआत हुई गुटेनबर्ग के द्वारा तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले 150 बाइबल की कॉपियां छापी अच्छा जिससे आम लोगों के पास तो सबसे पहले जो रहनेसा का ख्याल दिया गया जो रहनेसा के बारे में बताया गया जो विचार बनाया गया वो सबसे पहले जैकब बर्खाउट के द्वारा बनाया गया जैकब बर्खाउट की फोटो आई ठीक है तो रहनेसा का जो विचार था रहनेसा का मतलब होता है पूर्ण जागरण है ना पूर्ण जन्म तो जो रहनेस का मतलब था सबसे पहले जा, जो जयकॉ भाई उसने ये महसूस किया इसने इसको अपनी किताबों में लिखा और बताया कि भाई इससे पहले का जो समय है वो अंधकार का समय है ये जो जयको भाई इसी ने सबको समझाया कि भाई इससे पहले का जो समय था वो यूरोप में अंधकार का समय था और जब से ये पुनर्जागरण का काल का समय आया है उसके बाद से क्या हुआ है? हमने बहुत विकास किया इस समय देखो इन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य की तरफ वास्तुकला की तरफ ठीक है और चित्रकला की तरफ आकर्षित किया इस समय जो मानवतावादी विषय है ना वो भी यही विषय है इस समय भी यही सारी चीजें पढ़ाई जाती थी मानवतावाद जो हम पढ़ेंगे इसके बाद कि मानवतावादी किसे क्या है तो मानवतावाद में भी सिर्फ औपचारिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था बल्कि कला पे साहित्य पे चित्रकला पे इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता था तो सबसे पहले जेकोब बर्खोड ने अपनी किताब के अंदर दिस दिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा में एक पुस्तक लिखी और उसके अंदर उसने सबसे पहले रहनेसा का मतलब बताया और बताया कि पूर्ण जागरण क्या है ठीक है इसी बंदे ने बताया कि चौबीस सत्री शताब्दी में जो बदलाव हो रहे थे इसी समय मानवतावादी इस संस्कृति पनप रही थी मानवतावादी संस्कृति के बारे में जो विचार दिया गया वो जैकब द्वारा दिया गया मानवतावादी संस्कृति कौन है उस समय के वो टीचर थे जो अलंकार इतिहास विधिशास्त्र वगैरह सारी चीजें पढ़ाते थे तो उनको हम कहते थे मानवतावादी संस्कृति तो मानवतावादी संस्कृति जो स्टार्ट हुई है उसी समय स्टार्ट हुई है चौबीस शताब्दी में और पंद्रह शताब्दी से अपने आपको आधुनिक कहना शुरू कर दिया था फिर गरण ठीक है पूर्ण जागरण के बारे मेंगर में तो जो शब्द है फ्रांसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब जान तो इटली के अंदर होती है पूर्ण जागरण का जो अनुभव करने वाला जो सबसे पहला नगर है वो इटली है इसने अपने पुराने जो रोम साम्राज्य है या फिर जो यूनानी साम्राज्य है उनकी आकृति को फिर से अपने दिमाग में बसाना शुरू किया वेनिस और फ्लोरेंस इसके शुरुआत के नगर है और रोम भी इटली का ही एक नगर है पुण्य जागरण का जो समय आया था उस समय लोगों के अंदर समानता की भावना आती है स्वतंत्रता की भावना आती है वो सारी चीजें जो अपने फ्रेंट रेगुलेशन में पड़ी थी वो सारी चीजें नीमें से है तो पूर्ण जागरण के समय लोगों के अंदर भावना ही समानता की और लोगों के बीच में जो अंधविश्वास थे जितने भी रिवाज वगैरह थे उन सबको उन्होंने त्याग दिया ठीक है जितने भी कर्मकांड वगैरह थे उन सारी चीजों को उन्होंने त्याग दिया यहाँ पे साहित्यिक रचना की गई राजनीति के बारे में लोग सोचने लगे और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जागरण के बारे में अब आता है कि रहने व्यक्ति कौन है रहनेसा व्यक्ति ये पुण्य जागरण व्यक्ति रहनेसा व्यक्ति उस समय उन लोगों को कहा गया जो एक साथ कई कलाओं में माहिर थे जो वास्तुविद भी हैं कलाकार भी हैं चित्रकार भी है, चित्रकार भी हैं विद्वान भी हैं, जो व्यक्ति एक साथ कई कलाओं में माहिर होता था उसको रहने सा व्यक्ति यहाँ पे कहा जाता था ठीक है आता इटली शहर और मानवतावाद तो आपने देखा इससे पहले कि इटली के पढ़ाया गया, गया और इटली के अंदर सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए गए के, के अंदर और बेलोनिया के अंदर सबसे पहले जो स्कूल फले जहा विधिशास्त्र पढ़ाया जाता था विधिशास्त्र पढ़ने के यहाँ पे कई कारण है क्योंकि इस समय जो मुख्य कार्य था नोटरी का था या वकीलों का था बड़े बड़े व्यापार जो होते थे बिना नोटरी के बिना वकीलों के संभव नहीं हो पाते थे और ये सारी चीजें करने के लिए जो विधि शास्त्र था वो काफी महत्वपूर्ण विषय बन चुका था यहाँ पे तो सभी लोग यहाँ पे विधि शास्त्र को पढ़ते थे यहाँ पे देखो इटली के शहर में मानवतावाद की मानवतावादो करने वाला पहला शहर इटली ही है जो मैंने आपको बताया इससे पहले और यहाँ पे जो स्कूल खुले हैं पादुआ के अंदर और बेलोनिया के अंदर ठीक है विश्वविद्यालय खोले गए ग्यारहवीं शताब्दी के अंदर ही जहां पर विधि शास्त्र पढ़ाया जाता था कानूनी अध्ययन कराया जाता था कानूनी अध्ययन विधि शास्त्र कानूनी अध्ययन ही है और कानून का अध्ययन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय विषय बना हुआ है लोकप्रिय होने के कारण है क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम होते थे वो सारे कानूनी होते थे बड़े से बड़े व्यापार जो होते थे वो बिना मौके लेके संभव नहीं हो पाते थे कार्यक्रम में काफी बदलाव आने लगा ठीक है और लोगों को ये बात समझ में आ गई की सिर्फ धार्मिक शिक्षा के आधार पर हम विकास नहीं कर पाएंगे ठीक है विकास करने के लिए हमें शिक्षा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा क्यों उन्होंने सर चीजों को समझा शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए ठीक है और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने आगे बढ़ने की शुरुआत की और इसी को मानवतावाद कहा गया है मानवतावाद की संज्ञा दी गई जो मानवतावाद शब्द है ये का सब से से है काफी जो बदलाव आ रहे हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव या योगदान है वो प्रिंटिंग प्रेस का रहा है यहाँ पे चौदह सौ पचपन के अंदर जो जोनसन गुटेन बर गया उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर लिया था इसने अपने पापा की जो पुरानी सी भी जो जैतून के तेल निकाली वाली मशीन थी उसी से इसको बनाया था आपको ये याद रखना है कि इससे पहले जो मार्गोपोलो था जब वो चाइना में गया था तो चाइना में उसने देखा कि वहाँ के लोग लिखने से अपेक्षा लकड़ी के जो होते थे हुड के होते थे वो छाप के लिखा करते थे तो ये सारी चीजें मार्गोपोलो यहाँ पे यूरोप में लेके आया और यूरोप में भी वुड के बनाने की स्टार्ट हो चुकी थी वुट से छाप छाप के लिखा जाता था हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था तो सबसे पहले गुटेनबर्ग के दिमाग में एक मशीन बनाने की जिसमें छपाई हो सकती स्वास्थ्य हो सकती थी इस समय इसने सबसे पहले बाइबल छापी जिसकी इसने एक सौ छापी अब जब प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी, तो प्रेस से जिस समय एक भिक्षु जो एक एक होता था, था, जितना बाइबल लिखने में जितना टाइम लगाता था इतने में यहाँ पे डेढ़ सौ दो सौ किताब छापी जा सकती थी तो जो पुस्तक है उसकी मात्रा बढ़ गई अब आम लोग जो थे उनके पास भी पुस्तक पहुंचने लगी वो भी पढ़ने लगे किताबों को समझने लगे तो ये प्रिंटिंग प्रेस का काफी योगदान रहा इसमें शिक्षा के प्रसार में उसके बाद इस समय का जो समय है मैंने आपको बताया रहनेसा व्यक्ति जो थे वो कलाकार वगैरह थे बहुत सारे एक व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी कलाए वगैरह है तो उसमें जो सबसे चर्चित व्यक्ति थे वो लियोडिये जो विंची है यहाँ पे जिनकी फोटो है यहाँ पे आप देख सकते हो विंची विंशी अपने दो फोटो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, है मोनालिसा की फोटो और एक है द लास्ट सफर की ये द लास्ट सफर की फोटो है जो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके अंदर बीच में जीजस है और उनके साथ उनके शिष्य है अनुयायी है मैथ्यू वगैरह है ठीक है इन सब लोगों का ये वीरवार की फोटो थी वीरवार के दिन इनका आखिरी भोजन था दि लास्ट सफर का मतलब होता है आखिरी भोजन तो ये उनका आखिरी भोजन था उसके बाद फ्राइडे के दिन उनको सूल पे चढ़ा दिया गया था रोम के द्वारा तो ये उसकी फोटो थी और जो लियोन्दे विंची है इसी फोटो की वजह से दी लास्ट सफर की वजह से काफी चर्चित हुई और काफी फेमस है और इसकी जो एक और फोटो है जो काफी फेमस है वो है मोनालिसा की फोटो एक मोनालिसा की फोटो और द लास्ट सफर की फोटो दोनों है यहाँ पे मोनालिसा के सब जानते हैं तो जो लिय विंसी एक महान चित्रकार थे उस समय इनका जन्म है चौदह सौ बावन के अंदर ठीक है जितने भी बदलाव वगैरह चौदह पंद्रह शताब्दी वगैरह हैं जो लियनदी विंशी है कलाकार है वनस्पति वैज्ञानिक भी है शरीर रचना विज्ञान के अंदर गणित शास्त्र के अंदर ठीक है और अलग अलग चीजों में मोनालिसा और लास्ट पर इनकी मुख्य रचनाएं है तो जो लियन देदी है इसको आप व्यक्ति कह सकते हो क्योंकि इनकी अनेक रुचियां हैं अनेक चीजों को जानते और समझते हैं इनकी सबसे जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो मोनालिसा की है और लियन दे की है इसी के साथ साथ एक व्यक्ति हो रहा है गैलीलियो। इससे पहले आपको गैलीलियो से जानने से पहले आपको कोपरनिकस के बारे में जानना पड़ेगा जो कोपरनिकस थे इससे पहले जो यूरोपीय लोग थे ठीक है उनका मानना था कि पृथ्वी धरती के बीच में है और सभी ग्रह सूरज चांद और जितने भी ग्रह हैं, सब पृथ्वी के चक्कर काटते हैं इनका मानना था जो मनुष्य है मनुष्य एक पापी इंसान है मनुष्य ने बो ज्यादा पाप किए हैं जिसकी वजह से धरती स्थिर हो चुकी है और एक ही जगह पर टिकी हुई है अब धरती बीच में है और सभी ग्रह जो धरती है वो बीच में नहीं है बल्कि सूरज बीच में इन्होंने सूरज केंद्रित मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्य बीच में पृथ्वी को उसके चक्कर काटती है परंतु ये एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे इसलिए उसने अपनी किताबों को पब्लिश नहीं किया एक निष्ठावान ईसाई थे ये इसलिए इसने ये बात न किसी को बताई बल्कि अपनी पांडुलिपि को इसने संभाल के रख दी उसके बाद उनके शिष्यों ने जब इनको पढ़ा उसके बाद इसको प्रकाशित वगैरह किया गया इसी की दिशा में जो गैलीलियो है ने इसकी बात को काफी ज्यादा प्रूव कर दिया जो उनका सूर्य केंद्रित सिद्धांत था उनको काफी प्रचलन में ले आए। इसी के साथ साथ जो गैलीलियो है उन्होंने सबसे पहले दूरबीन यंत्र भी था। ये बनाया था यह जो दूरबीन यंत्र बनाया था इन्होंने चाइना से सीख रखा मतलब इन्होंने सुना था कि चाइना के जो लोग है वो दूरबीन वगैरह बनाते हैं पर इनके पास ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने एक दूरबीन बनाया माइक्रोस्कोप बनाया जो खगोल विज्ञान के में काफी काम आता है इनका और जो इन्होंने बनाया था वो चाइना के टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा बढ़िया बना लिया है इसलिए आप कहीं पर नहीं बल्कि गैलीलियो का ही नाम पाओगे तो काफी खगोलशास्त्री थे जिन्होंने चांद ग्रह वगैरह के बारे में काफी पता लगाया और इसी के साथ साथ एंड्रेसलिस्ट आते हैं ठीक है ये एक आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे जिसने सबसे पहले चीरफाट की शुरुआत की थी जो फिजियोलॉजी की शुरुआत है वो नहीं क्या मानवतावाद के बारे में जानना की मानवतावादे होते क्या है तो चौदह शताब्दी में जो आंदोलन चल रहा था उसको मानवतावाद कहा गया मानवतावाद समझाया गया इस समय की संस्कृति को मानवतावाद कहा गया इससे पहले मानवतावाद शब्द का इस्तेमाल होता था किसी संस्कृति के लिए इससे पहले कोई नहीं था, लेकिन इस समय जो का विचार क्या, क्या विशेषता मानवतावादी लोग थे देखो उस समय मानवतावादी उन शिक्षकों को कहा गया उन गुरु को कहा गया जो अलंकार काव्य इतिहास और नैतिक दर्शन विधि साथ इन सारी चीजों को पढ़ाते थे पढ़ते थे और इन सारी चीजों को समझते थे इस समय ये जो मानवतावादी थे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई हमारी जो रोमन संस्कृति है हमारे जो यूनानी संस्कृति है हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और उनका अध्ययन करके हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं जो यूनानी लोग हैं या जो रोमन लोग हैं उनकी संस्कृति को दबा दिया गया है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए ये जो टाइम था ना आपने देखा कि जो रोमन साम्राज्य था पांचवी शताब्दी तक आते आते हैं पांचवें शताब्दी छठी शताब्दी तक लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था उनको लगा कि शताब्दी के बाद कोई विकास नहीं हुआ है इनको ऐसा लगता था जो मानवतावादी मानते थे जो, समय जो विद्वान थे वो इस चीज को समझते थे कि भाई अब कोई विस्तार हुआ ही नहीं है और कोई विकास हुआ नहीं है तो हमें अपनी पुरानी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं इसमें एक बंदा है पैट्रोक तो पैट्रोक ने बताया कि भाई हमें अपने पुरानी साहित्य को जानने के लिए पुरानी रचना को जानने के लिए यूनान का और रोमन का अध्ययन करना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है इसके साथ साथ ये जो व्यक्ति थे उन्होंने धर्म में भी काफी क्रांतिकारी बदलाव किए जैसे इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है जर्मनी के मार्टिन लूथर है जिन्होंने बाद सुधार किया था और कैथोलिक चर्च के खिलाफ काफी बड़ा सुधार था इससे न सिर्फ पुरुषैंड या फिर बाकी जो इंग्लैंड है स्विट्जरलैंड है इनके लोगों ने अपने पोप से संबंध तोड़े थे यहाँ तक कि जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने खुद अपने आप को सुधारने की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने फिर इस बात को बताया कैथोलिक लोगों ने कि हमें भी अपना जो जीवन है सादा जीना है और इस से सीधा संबंध रखना है जिस समय के जो लोग सोचते थे कि भाई हमें जो इस समय ईसाई मानवतावादी जो लो, लोग है जो ये समझते थे कि हमें क्या करना है हमें भगवान से जुड़ने के लिए किसी बीच के बिचौले की जरूरत है नहीं हम भगवान से सीधा जुड़ सकते हैं सीधा कांटेक्ट सक, कर सकते हैं भगवान से इस समय इनका इनको लगने लगा था कि जो चर्च है चर्च एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ लूटती है खसोटती है इसमें एक जो सबसे बड़ा नाम आता है वो पाप स्वीकृति दस्तावेज का आता है ठीक है पाप स्वीकृति दस्तावेज एक कुरीतियां थी सब चीजों की उनको समझ में आ गया था कि भाई जो चर्च है देखो पैसे निकलवाने के लिए चर्च एक लालची रिवाजों की आलोचना की भाई ये सिर्फ वैसे लूटते हैं खसोड़ते हैं इनका काम है और फिर जो टैक्स लेते थे चर्च उनका भी बहुत ज्यादा आलोचना किया गया यहाँ पे कि भाई चर्च जो थी टैक्स लेती है ये चर्च किस आधार पे लेती है टैक्स चर्च का कोई अधिकार नहीं होता व्यक्ति के ऊपर टैक्स लेने के लिए कुछ मानवतावादी मानते थे कि भाई धन पुण्य और खुशी के खिलाफ नैतिक दोषे मान के लिए ऐसे धर्म की आलोचना की उन्होंने कहा कि हमें नैतिकता पे बल देना चाहिए अच्छे क्रम पर बल देना चाहिए ना कि हमें बहुत ज्यादा धर्म लाना चाहिए मानवतावाद का यहाँ पे ये असर पड़ने लगा था कि जो लोग थे यहाँ पे जितने भी धार्मिक लोग थे उन्होंने भी जो इस चीज को मानते थे कि भगवान होते हैं या जिनका था वो भी दूर के भगवान की बात करने लगे वो कहने लगे कि भगवान हमसे बहुत ज्यादा दूर है और वो हमें इंटरफेयर नहीं करता यहाँ पे एक नए विचार ये भी आ रहे थे कि भाई जो हम इंसान है वो भगवान की कटपुतली नहीं है भगवान ने हमें फ्री छोड़ रखा है खुला छोड़ रखा है हम जिस तरह का करना चाहें जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हैं तो इस तरह यहाँ पे काफी बदलाव आने लगे ये ये भी मानते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य का मानता जीवन के लिए प्रयास करता है जो इतिहास है उसका काफी महत्व दिया गया यहाँ पे और इसी समय सबसे तो फिर अब हमारा टॉपिक है कि सोलह शताब्दी में महिलाओं की स्थिति जिस समय मानवतावाद की संस्कृति पनप रही थी और जिस समय आधुनिक कर्म हमें समझा पूरे यूरोप में जिस समय जब पूरे यूरोप को आधुनिक समझा गया उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी तो देखिए जो उच्च कुल थे या जो ऊंचे लोग थे जो कुलीन वर्ग थे या जो अभिजात वर्ग थे वहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी बेहतर नहीं थी महिलाओं को किसी भी काम में सलाह देने की अनुमति नहीं होती थी कारोबार का काम हो चाहे कोई भी काम हो उसमें महिलाओं की, की कोई राय वगैरह नहीं ली जाती थी और यहाँ पे जो दहेज प्रता थी उसका प्रचलन हो चुका था और महिलाओं के जो दहेज मिलते थे उसी से जो व्यक्ति होता था अपना कारोबार चलाता था और सोचने वाली बात ये है कि जिस कारोबार को महिला के दहेज से चलाया गया है उसी कारोबार में महिला को कुछ कहने की इजाजत नहीं है उसमें उसे चुप रहना पड़ता है इसी के साथ साथ कई पिता तो कोई अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए अपनी बेटी के लिए दहेज का प्रबंध नहीं कर पाते थे तो वो उसे भिक्षुणी बनने के लिए भेज देते थे मठ के अंदर भेज दिया जाता था उन्हें भिक्षुणी बनने के लिए अगर वो दहेज का प्रबंध नहीं कर पाते थे तो लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति जो ऊंची जातियों में है वैसे ही निम्न जातियों में ऐसा नहीं है जो व्यापारिक समुदाय की लड़कियां थी या जो महिलाएं थी या फिर जो निम्न किसान की महिलाएं थी उनकी स्थिति यहाँ पे काफी अलग है क्योंकि उनको अपने परिवार के साथ काम करना पड़ता था कंधे से कंधे मिला खेतों में जाकर काम करना पड़ता था या फिर दुकानों में जाके काम करना पड़ता था यहाँ पे आप देखोगे की जो महिलाएं व्यापारी परिवार की है या फिर जो किसान वर्ग की महिलाएं हैं उनको उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं है जो कुलीन वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी संभाल के रखा गया है उन्हें बाहर जाने दिया जाता है या उन्हें बाहर के कार्यों में दखल करने की अनुमति नहीं है लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं हैं जो व्यापारिक महिलाएँ वो पूरा भागीदारी करती है ठीक है जैसे दुकान पर भी बैठती है वो या फिर उनके पति अगर व्यापारी है वो बाहर चले जाते हैं तो पूरा घर का जो फैसला लेती है वो महिलाएं लेती हैं इस हिसाब से जो निम्तन वर्ग है वहां पे महिलाओं की सक्षम थी इसमें दो महिलाओं के नाम आते हैं सबसे पहले आता है हमारा कसांधरा फैदेल का जो कसांध्रा फेदेल था वो कई भाषाओं की विद्वान थी और उस समय के मानवतावादियों में से एक थी कसांधरा फदेल ने इसका काफी मुख्य कथन है ये कहती है कि जो शिक्षा है जो एजुकेशन है हमें कुछ नहीं देता हमें ना कोई पुरस्कृत करता है ना कोई पुरस्कार देता है ना कोई वादा करता है हमारा अच्छा जीवन का इसके बावजूद भी हर महिला को चाहिए कि वो शिक्षित हो हर महिला को चाहिए कि वो पढ़ाई करे तो खसान रादेल का ये जो विचार था काफी बढ़िया था उस समय और उन समय के कुछ बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थी खसानरा फैदेल जिनको उस समय पढ़ने का मौका मिला था और ये महिला शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर देती थी इसी तरीके से उस समय मानवतावाद में एक और महिला महिला थी जिसका नाम है ईसा भेल ये मंडुआ की रानी थी हालांकि इसका जो चलाया है ये उदाहरण पेश करता है वो आता है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद देखो जो ईसाई धर्म था पंद्रह शताब्दी में जो पोप था उसका जो नियंत्रण था पूरे ईसाई समाज के ऊपर वो काफी ढीला पड़ने लगा था तो यहाँ पे अब जो ईसाई थे उन्होंने जब उनके हाथ में बाइबल आने लगी जब खापे खाने की शुरुआत थी तो जो ईसाई जो विचार थे वो काफी बदलने लगे अब उन्होंने जो अपने धर्मकांड थे जितने भी कर्मकांड थे उनको त्यागने के लिए कहा और एक सादे जीवन में बल दिया उन्होंने कहा कि हमें एक सादा जीवन जीना चाहिए उन्होंने अपने जो पुराने ग्रंथ हैं उन, उनका पालन किया जो उन्होंने कहा कि जो हमारा धर्म था जो हमारा, हमारा ग्रंथ था वो एकदम सादा था और समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव आते गए थे और ये जो कर्मकांड वगैरह है जैसे पाप स्वीकृति दस्तावेज वगैरह है ये सब बाद में इसमें जोड़ा गया है जो ईसाई धर्म है वो काफी सिंपल है काफी सादा है और उन्ही चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया फिर से और इसके साथ साथ इसमें जो एक विचार ये कि मनुष्य जो अपना जीवन है पूरी तरीके से मुक्ता से चला सकता है परमेश्वर ने हमें खुला अपने विचारों के लिए जीने के लिए और अपने तरीके से अपने फैसलों को लेने के लिए इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट मार्टिन लूथर है जिन्होंने प्रोस्टेंट सुधार किया था प्रोस्टेंट जो आंदोलन चलाया था वो मार्टिन लूथर ने चलाया था ये जर्मन के भिक्षु थे और कैथोलिक के खिलाफ इनका यह बहुत बड़ा आंदोलन था मार्टिन लूथर और इसी के बाद स्विटरलैंड के अंदर इंग्लैंड में जो राज्य था उन्होंने पोप से अपने जो संबंध थे उनको तोड़ दिया था और यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा काफी माना गया मार्टिन को आ, इसका जो आंदोलन को कहा जाता है सुधारवाद का और इसी समय अब जो मार्टिन लूथर जो आंदोलन कर रहा था इसका प्रभाव जो था कि भाई ईसाई धर्म को इसने सुधारा एक तरीके से एक सुधारात्मक कार्रवाई की लेकिन इसके प्रभाव से जो कैथोलिक थे वो भी नहीं बचे कैथोलिक ने भी अपने आप को सुधारने की कोशिश की उन्होंने भी अपने साथी जीवन पर जोर दिया और उसी के चलते उन्होंने यूसी सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया चालीस के अंदर जो कैथोलिक लोगों का एक समुदाय था जो कैथोलिक के लिए लड़ रहा था और सबसे बाद में कि भाई इसका क्या -क्या था, जो मानवतावादा आया, आया इसका टोटल का परिणाम क्या रहा है तो देखो सबसे पहले ये जो समय चल रहा था इसमें पाप स्वीकृति दस्तावेज की आलोचना की गई तो पाप स्वीकृति दस्तावेज में एक तरीके का ऐसा नियम था जिसमें बस चर्च पैसे खाने के लिए इस तरह की चीजें करती थी और जो बाइबल थी अब बाइबल जब छपाई खाने की शुरुआत हुई तो बाइबल का अनुवाद होने लगा हर भाषा में और जितने भी लोग थे जो पहले बाइबल को नहीं पढ़ पाते थे या नहीं समझ पाते थे जिन्हें सिर्फ पात्रों के ज्ञान पे निर्भर रहना पड़ता था वो बाइबल को खुद पढ़ते थे और खुद समझने लगे थे और वो चीज़ों को समझने लगे थे इसी के साथ साथ चर्च जो टैक्स लगाता था तीर्थ उसके ऊपर भी काफी कड़ा विरोध किया गया और जो राजा था राजा भी चर्च के हाथिये से काफी ज्यादा परेशान रहता था अब उसको भी मौका मिला था कि चर्च के जो उनके ऊपर दबाव है उभरने का उससे बाहर निकलने का तो आई होगा आपको समझ आया होगा धन्यवाद